हेलो दोस्तों क्या लग सकता है हमारे एक और नई व्यूट के साथ मैं आपका दोस्त दीपांशु पाँच हाँ दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि YouTube सब्सक्राइबर हाइड कैसे करें हाँ दोस्तों जैसे हम क्रोम ब्राउजर खोलते हैं दोस्तों क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद दोस्तों क्रोम पर हमें YouTube खोल लेना है YouTube खोल लेने के बाद दोस्तों में अपने डेस्कटॉप साइट खोल लेनी है डेस्कटॉप साइट खोलने के बाद दोस्तों में अपने लोगों पर क्लिक करना है और यहाँ से यूर चैनल यूर चैनल खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से कस्टमाइज कस्टमाइज करने के बाद दोस्तों नीचे की ओर नीचे की ओर देखो एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा ये इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चैनल पर चैनल पर जाने के बाद दोस्तों यहां से एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है और यहां से नीचे की ओर जाना है सब्सक्राइबर काउंट यहां पर आपको राइट निशान मिला मिलेगा इस पर राइट निशान मिलेगा आपको ऐसा निशान मिलेगा उसे राइट निशान पर उठा देना है क्लिक करके ठीक है दोस्तों हमारे YouTube सब्सक्राइबर हाइड हो गई है और यहाँ से सेव कर लेना है दोस्तों पहले से हमारे YouTube सब्सक्राइबर हाइड हो हो चुके हैं आज आजकल फिलहाल दोस्त तो इतने मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ धन्यवाद